हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने प्यार से फिर फिर से आया हूँ और अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस रमजान के मुबारक मौके पर कि लोग पुराने टाइम में किस तरीके से गोला होता था रोज़ा खुलता था लोगों को कैसे पता चलता था कि अब रोज़ा खुलने का हो गया टाइम हो चुका है आजान भी होती है जिससे मतलब मगर अजान से पहले टाइम होता है रोज़ा अख्तियार का जिससे लोग आपको पता चलता कि हाँ ये गोला हो चुका है रोज़ा खुलने का टाइम हो चुका है कि वो मैं आपको बताना चाहता हूँ माशाल्लाह कि कुछ अच्छे लोगों ने जो पुराने टाइम को दोबारा दोहराया है उस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को और इस वीडियो के माध्यम से और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये रोजा और गोला खोजने का टाइम दिया और रोजा खोजने का ने ने ने ने तरीके से बोला होता है ठीक है ये वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शुरू करने से मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेलैकन जरूर दबाएँ ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ मेरी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से, से ज़्यादा शेयर करें तो और दोस्तों आपने देखा इस वीडियो को किस तरीके से बोला हुआ किस तरीके से रोजा खुला आज के टाइम में